हमने कहा यहाँ पे दो स्क्वाड है गाड़ी अंदर घुमा लेना तो भाई साहब कहते नहीं बंदे नीचे ही हैं और ले आके गाड़ी यही ठोक देते हैं हमने कहा भैया अब तो लंका लग जाएगी हमने कहा अंदर जाके छुप चलो फाइट मत लेना तो भाई साहब जो है दौड़ के जाते हैं खुलने में फाइट लेने ले लगते है और गोबर पना कर दिया लो बेटा भंग, भंग, चलो ऊपर जल्दी से ही कौन है भैया ये थॉमसन से गोली चला थे हमने कहा लो बेटा कन तुम भी चलो ऊपर अभी अभी मरा नहीं पे अभी लौट कर ले लो बेटा कंटक अब तो मरोगे ना हम कहे भाई जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो खुजली मची रहती गाड़ी लेके भगाने की काहे बीच में रोक दी तो देखो क्या बोल रहे अभी है ना अभी मेरा मेरा मोबाइल लेब हुआ था तो मेरे को स्टेडियम में जितने हूं। बंदे था दिख रहे, थे, नहीं दिख रहे थे। देख लो कितना सोच सोच के बोल रहे हैं हमने कहा भैया मारो इसको तब तक देखते सारे बंदे जो है जूता चप्पल बेल्ट हथियार लेके हमारे ऊपर आते मारने के लिए हमने कहा गाड़ी लेके निकल चलो भैया तब तक ऊपर से आवाज आती है परम्परा प्रतिष्ठा हमने कहा परम्परा प्रतिष्ठा का इतने भागो जल्दी